देखिए ये कंटेनर है बड़ा वाला ये है इसका नाम अंबानी का और मोदी का लगा दिया गया है रिलायंस वाले का नाम ये देखिए लास्ट चल दे रहा उन्होंने ये देखिए इनका रिलायंस वालों का नाम कर रहे हैं लास्ट में देखिए इतने मुसलमानों का लगा हुआ है सऊदी अरब के सलमान शेख में भेजा है